लगातार मार्केट नीचे गिरती जा रही है काफ़ी दिन हो गए मार्केट क्रैश हुए को पर कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती एक दिन मार्केट चार पाँच परसेंट ऑफर चली जाती है फिर अगले दिन गिर जाती है पर लेबल वही रहता है आप भी परेशान हो गए होंगे इसको देख देख कर सोच सोच के कि इंडिया में क्या भविष्य है क्या हमने जो पैसे लगाए हैं वो हमारे वापसी मिलेंगे या कभी निकल पाएंगे क्रिप्टोकर से काफ़ी परसेंटेज नीचे डाउन जा चुका है किसी किसी का साठ परसेंट सत्तर परसेंट तक डाउन नीचे जा चुका है कईयों ने तो बेच मतलब घबरा के बेच भी दिया है लेकिन कई अभी भी समले बैठे हुए हैं तो जो समले बैठे हुए हैं वो ठीक भी हैं लेकिन कईयों की हालत ऐसी है जो बगैर बेचे उनका काम नहीं चलता इसलिए कुछ ठीक भी है बेचना लेकिन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है अगर कोई व्यक्ति होल्ड करके रख सकता है तो उससे बड़ी बात और कोई नहीं है क्योंकि क्रिप्टोकर में वो कभी भी घाटा नहीं खाता जो होल्ड करके रखता है हमेशा मात वही खाता है इसमें जो जल्दी इन्वेस्ट करता है और थोड़ा प्रॉफिट लेके फिर बेचता है उसी के चक्कर में वो हाई लेवल पर ख़रीद लेता है फिर एकदम से उसका लेवल गिर जाता है बंदा उसी में सोख हो जाता है फिर वो जल्दी जल्दी बेच देगा और जितना कमाएगा नहीं उससे ज्यादा देगा वो घाटा सह लेगा। यहाँ पे लगातार देखते कुछ ख़ास परसेंटेज नहीं बढ़ी है इसमें दिखा दिखा रहे हैं लेकिन ऐसे कोई ख़ास परसेंटेज नहीं बढ़ी है हो सकता है एक दो कंपनियों की बढ़ी हो लेकिन सबकी नहीं बढ़ी है तो आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया में कि इंडिया में इसका भविष्य कैसा रहेगा क्रिप्टो करेंसी यहाँ चलने वाली है नहीं चलने वाली है यहाँ आपने इन्वेस्ट किया है तो क्या सरकार इसको बैन तो नहीं कर देगी लेकिन सरकार इसको बैन कैसे करेगी अगर बैन करना होता तो सरकार इसमें खुद थोड़ी ना इन्वेस्ट करती हाँ आपने सही सुना हमारी सरकार भी इसमें इन्वेस्ट करने वाली है अपना खुद का एक क्वन बनाने वाली है इसलिए मार्केट जरूर ऊपर जाएगा अभी बस एक लेवल पॉइंट है ये बस इकट्ठा कर रहे हैं कि और आदमी इसमें जुड़ें और पैसे लगाएं इसलिए आप देख रहे होंगे जगह जगह इसकी ऐड भी आ रही होंगी बहुत सारी ऐड आ रही हैं बहुत सारे ऐप्स के ऐड आ रहे हैं कि इसमें ज़्यादा ज़्यादा बंदे जुड़ सकें और क्रिप्टोकरेंसी में इंटरेस्ट ले सकें तो आप भी इंतज़ार करिए और ज़रूर आपको भी प्रॉफिट मिलेगा अगर आप इंतज़ार करेंगे तो तो न्यूज़ ये है कि इंडिया अपना एक क्रिप्टो करेंसी लाने वाला है जिसका नाम है इक्का हमारे जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने वित्त मंत्री उन्होंने घोषणा की है और ये हो सकता है आने वाले साल के शुरुआती दिनों में हो सकता है ये क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी जाए अगर ये क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी जाती है तो हो सकता है साथ के साथ कुछ ना कुछ नियम भी जरूर आएंगे नियम आएंगे तो हो सकता है हमको टैक्स भी देना पड़ सकता है लेकिन आप साथ में रहिए आपको घबराने की कोई बात नहीं अगर आप टैक्स देंगे तो सरकार आपकी गारंटी भी लेगी अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है क्रिप्टो करेंसी में तो सरकार आपका साथ देगी अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसलिए पॉजिटिव न्यूज़ है इसको पॉजिटिव लीजिए और क्रिप्टोकरेंसी में बने रहिए जितना आप सब्र कर लेंगे उतना इसका फल मीठा होगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक तो होल्ड करके रखें धन्यवाद। स्ट्रेटजी है कि अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो इसको तो लॉन्ग टाइम के लिए यह आपको उसको ऐसे खरीदना होता है जैसे आप उसको ज़िंदगी में पहली बार और अगली बार ही को पूरी तरह से उसकी उसकी हिस्ट्री जाँच कर तो कौन सा तो है टो है कैसा चलता तो है कितना प्रॉफिट दे सकता है और कितना प्रॉफिट दे सकता है जब आप उसको खरीदिए और होल्ड करिए आपको तो अगर आप ओल्ड तो करेंगे तो अभी तक आप प्रॉफिट जरूर कमाएंगे अच्छी जानकारी के साथ रहते हैं करते हैं इस वीडियो को और आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में ले जाऊँगा धन्यवाद